क्या गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं wow. वो मुझे समझा तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता मगर ये भी सच है इश्क में बंदे का बचता खुश नहीं wow. इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता मगर ये भी सच है इश्क में बंदे का बचता खुश नहीं जाने कैसे राज सीने में रखे बैठा है वो जहर खा लेता है पर मुँह से उबलता खुश